हेलो दोस्तों स्वागत है आपका मेरे चैनल आईटी मास्टर्स में और आज हम बात करेंगे इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी फॉर क्लास 11 जी हाँ दोस्तों अगर आप कंप्यूटर के बहुत ही ज़्यादा शौकीन हैं और आपने अभी टेंथ क्लास पास की हुई है तो दोस्तों आपके लिए बहुत ही खुशखबरी की बात है कि आप प्लस वन क्लास में इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी को स्ट्रीम बनाकर अपना फ्यूचर क्रिएट कर सकते हैं दोस्तों इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के बारे में आज हम यहाँ पर बात करेंगे कि आखिर प्लस वन क्लास और प्लस टू क्लास में पढ़ाया क्या जाता है इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के बारे में कौन कौन से सब्जेक्ट्स उसमें होते हैं आपको पता होगा जैसे कि नॉन मेडिकल मेडिकल में कौन कौन से सब्जेक्ट्स होते हैं तो इसी तरह आज हम बात करेंगे वोकेशनल कोर्सेस में से एक इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के बारे में तो दोस्तों चलिए शुरू करते हैं आपके पास कौन कौन से इस्ट्रीम्स होते हैं प्लस वन क्लास में चुनने के लिए तो दोस्तों पहला होता है मेडिकल और दूसरा नॉन मेडिकल तीसरा आर्ट्स कॉमर्स और बहुत सारे ज़्यादा वोकेशनल कोर्सेज होते हैं तो वोकेशनल कोर्सेज में से एक है इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी तो दोस्तों इन्फॉमेशन टेक्नोलॉजी में आखिर होता क्या है प्लस वन क्लास में तो दोस्तों इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में सब्जेक्ट्स क्या क्या होते हैं पहले मैं आपको बता दूँ दोस्तों सबसे पहला होता है आईटी टी टूल्स इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी टूल्स जिसे हम कह सकते हैं और दूसरा होता है बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन तो दोस्तों ये बिज़नेस एडमिनिस्ट्रेशन और बिजनेस स्टडीज़ दोनों में बहुत ज़्यादा डिफरेंस है जो बिज़नेस स्टडीज़ है वो कॉमर्स क्लासेस में पढ़ाया जाता है और बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन जो है वो आई क्लासेस में पढ़ाया जाता है और दोस्तों जो अगला सब्जेक्ट है वो है वेब एप्लीकेशन वेब एप्लीकेशन में प्रोग्रामिंग होती है इसमें हमें एस वगैरह सब सिखाया जाता है जावा स्क्रिप्ट जावा ये वगैरह हमें सिखाया जाता है और उसके बाद है फिजिकल एजुकेशन यहाँ पर ये Uh, आपके पास बहुत सारे ऑप्शन हैं तो आप फ़िज़िकल एजुकेशन ले सकते हैं हिंदी ले सकते हैं पंजाबी ले सकते हैं या फिर मैथ्स ले सकते हैं हालांकि मैथ्स बी के टाइम बहुत काम आता है तो इंग्लिश है और कंप्यूटर साइंस भी ले सकते हैं और और भी कुछ गिने चुने सब्जेक्ट्स होते हैं तो दोस्तों आई टूल्स जो होता है उसमें हमें uh, सारे नेटवर्किंग वगैरह के बारे में पता लगता है और बिज़नेस एडमिनिस्ट्रेशन में हमें बिज़नेस के बारे में पता लगता है हालांकि बिज़नेस स्टडीज़ में भी वही होता है पर इसके चैप्टर्स जो हैं वो काफ़ी डिफरेंट है एक दूसरे से और वेब एप्लीकेशन में प्रोग्रामिंग और फिज़िकल एजुकेशन में तो आपको पता ही है तो दोस्तों ये सारे होते हैं इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में तो दोस्तों इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी को प्लस वन और प्लस टू में चूज़ करने के बाद आप कॉलेज लाइफ में बी कर सकते हैं बी के बाद एम ये कर सकते हैं हालांकि दोस्तों इसके बहुत सारे स्कोप हैं इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी लेने के इसके बहुत सारे स्कोप हैं आप कुछ भी कर सकते हैं अगर आपको इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के